हेलो फ्रेंड्स ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज हम एक क्राइम रिपोर्टिंग पर हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं और एक केस से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं जो आपने काफ़ी चर्चा में रहा होगा तो स्टोरी शुरू होती है दिल्ली में एक लड़का है जो पढ़ाई करने के लिए एसएससी की तैयारी करने दिल्ली आया हुआ है दूसरी तरफ एक लड़की है जो झज्जर की रहने वाली है और वो भी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई हुई है जो लड़की है वो दिल्ली के द्वारका में अपनी छोटी बहन के साथ एक फ्लैट किराए पर लेकर रहती है और जो लड़का है वो अपने एसएससी की तैयारी कर रहा है और वो भी कहीं किराये पर कमरा लेकर रहता है तो जो लड़की है वो बस से आती जाती है और जिस बस से वो आती जाती है उसी बस से वो लड़का भी आता जाता है जो कि अक्सर उस लड़की को देखता रहता है बस में और वो बात करना चाहता है बट उसकी कभी उसे हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की इस डर से कि कहीं वो लड़की नाराज़ ना हो जाए और उसके बाद तो काफ़ी दिन इसी तरह से वो बस में आते जाते देखते रहता था उसको फिर एक दिन देखा कि वो लड़की बस में नहीं है तो वो बड़ा उदास हुआ कि आज लड़की बस में क्यों नहीं है और वो बस में उसको ढूंढता रहा फिर उसके बाद में वो बस से उतर के और कोचिंग सेंटर के लिए चला गया तो रास्ते में उसको किसी ने आवाज़ दी तो उसने मुड़ के देखा एक लड़की थी जिसने अपने दुपट्टे से पूरा फेस कवर करके और सिर्फ उसकी आँखें दिख रही थी तो उस लड़की ने उससे पूछा कि आज निक्की तुम्हारे साथ नहीं है उस लड़के का नाम साहिल था और उस लड़की का नाम निक्की था जो बस में आते जाते थे तो उस लड़की ने पूछा कि भाई आज तुम्हारे साथ निक्की नहीं है तो उसने कहा हाँ आज आज मुझे दिखाई नहीं दी तो उसने पूछा साहिल ने कि क्या तुम निक्की की फ्रेंड हो तो उसने कहा हाँ मैं उसकी फ्रेंड हूं तो उसने कहा चलो अच्छा है तुमसे बात हो गई तो आज मैं निक्की के बारे में तुमसे सारी जान पहचान करूंगा तो उस लड़की ने कहा कि भाई तुम डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते हो उससे तो उसने कहा कि मैं डरता हूं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए नाराज ना हो जाए मेरे ऊपर तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो और ये कहकर उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया तो साहल हैरान रह गया क्योंकि वह निक्की ही थी फिर वो दोनों बात करते करते को, कोचिंग सेंटर की तरफ जाने लगे और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई जो दोस्ती आगे चल के उनकी प्यार में बदल गई और उसके बाद में एक समय ऐसा भी आया कि वो दोनों कई कही बार कहीं बाहर घूमने जाते थे एक साथ तो इस तरह से उनका रिलेशन बढ़ता चला गया निक्की ने उसको बताया कि वो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है उसके पिता का नाम सुनील यादव है और वो उनके दो बहने हैं वो और एक भाई है उनका तो वो उसके फादर उसको अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसको दिल्ली भेजा है और इसीलिए वो दिल्ली में कोचिंग कर रही है साइल ने भी अपना परिचय दिया उसको साइल ने बताया कि भई मेरे फादर एक ढाबा चलाते हैं और हम मित्राओ गाँव के नजफगढ़ के पास मित्राओ गाँव है वहाँ के हम रहने वाले हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ तो वो भी चाहते थे कि मैं पढूं आगे तो इसलिए उन्होंने मुझे दिल्ली में कोचिंग के लिए भेजा हुआ है और मैं यहाँ रहता हूँ एक दूसरे के बारे में उन्होंने जाना फिर एक दूसरे की दोस्ती उनकी ये मुलाकात जो हुई थी ये 2018 में हुई थी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे इसके बाद में साहिल ने डी फार्मा में नोएडा में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उधर निक्की भी नोएडा शिफ्ट हो गई और उसने वहाँ पर एक कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया फिर वो दोनों एक ही साथ एक कमरा लेकर रहने लगे उसके बाद वो साहिल और निक्की कई जगह मनाली ऋषिकेश और भी कई हिल स्टेशंस पर वो घूमने जाते थे और खूब एंजॉय करते थे दोनों को एक दूसरे का साथ भी पसंद था और क्योंकि वो बाहर रहते थे किसी को उनके बारे में पता नहीं था तो इसलिए उनको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था और जब कोरोना आया तो कोरोना के समय दोनों अपने अपने घर चले गए उसके बाद में जब कोरोना से वो वापस आए तो उन्होंने अक्टूबर 2020 में एक आर्य समाज मंदिर में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली तो ये तो है इनकी पृष्ठभूमि के उन्होंने कैसे मिले उनका क्या क्या रिलेशन रहा कैसे हुआ वो सब उनकी शादी हो गई तो दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मित्राऊँ गांव में गहलोत परिवार में 11 फरवरी 2023 को बहुत खुशी का माहौल था और सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके बेटे साहेल की शादी थी और नाच गाना चल रहा था डीजे पे सब लोग डांस कर रहे थे कोई थक जाता था तो दूसरा डांस करने लगता था तो इस तरह से सारा दिन सुबह से शाम तक उनका म्यूजिक चलता रहा और दस फरवरी को साहल चमचमाती हुई शेरवानी पहनकर घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर लड़की के घर गया और लड़की उसकी बारात गई मंडोला गाँव मंडोला गाँव के एक लड़की से उसकी शादी हुई और 11 तारीख की सुबह वो अपनी दुल्हन के साथ घर लौट आया तो पूरा माहौल खुशी भरा था और सारे मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ था तो साहिल जो था वो अपनी दुल्हन को लेकर घर आ चुका था सारे मेहमान बहुत खुश थे डांस कर रहे थे इसी तरह का अच्छा माहौल था लड़की का जो साहिल का जो बेडरूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और वहाँ पे दुल्हन उसकी अपने रूम में उसका इंतजार कर रही थी और वो उसके मन में भावनाएं आ रही थी कि भाई आज उसके लिए बड़ा खुशी का माहौल था वो बहुत खुश थी कि साहल से उसकी शादी हुई है तो यही सब बातें चल रही थी कि अचानक से उसको आवाज़ आई कि भाई डीजे बंद हो गया है और सीढ़ियों पे कोई बहुत तेजी से चलता हुआ ऊपर आ रहा है तो धक्का देकर किसी ने दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई कि कुछ पुलिस वाले उसके ससुर और कुछ मेहमान कमरे के अंदर घुसे तो वो ये सोचकर बड़ी हैरान हुई कि भाई ये आखिर ये सब लोग क्यों आए हैं अंदर तो पुलिस वाले आए उन्होंने उस कमरे की तलाशी ली तलाशी लेने के बाद में जो सिपाही था उसने अपने इंस्पेक्टर से कहा कि साहब यहाँ तो कोई नहीं है तो जो साहेल के फादर थे उन्होंने पूछा भाई आप यहां ढूंढ क्या रहे हो तो उन्होंने बताया कि हम साहल को ढूंढ रहे हैं और साहेल ने निक्की नाम की एक लड़की जिसके साथ वो लेविन में रहता था उसको उसने गायब कर दिया उसको अपहरण कर लिया और उसके लिए हम उसको ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि ये निक्की कौन है तो उन्होंने बताया कि वो लेविन में रहती थी तो इस तरह से जब उनको पता चला तो बड़े सदमे में आए और वो एकदम से पलंग के किनारे पर बैठ गए दुल्हन जो थी वो भी सख्त पा गई कि आखिर ऐसे कैसे साहल ने ऐसे धोखा दे दिया वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई तो इस तरह से एस एच ओ साहब ने पूरे घर की और सारे आस पड़ोस सब की सबकी तलाशी ली उसके बाद में उसके फादर से उसके सारे रिश्तेदारों का दोस्तों का या उसके जो भी ठिकाने थे जहां जहां वो हो सकता था उन सबके बारे में जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि अगर साहिल आपको कॉन्टैक्ट करता है या आता है तो आप फौरन पुलिस को संपर्क करें और उनको बताएं अगर आप नहीं बताओगे तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये चेतावनी देकर वो थाने के लिए चले गए तो अब ये इस बीच में पुलिस को कैसे खबर आई तो एक्चुअली हुआ क्या कि बारह फरवरी को जब निक्की की सिस्टर निक्की को फोन करती रही और उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ दो दिन तक तो उसने साहिल को फ़ोन किया तो साहल ने भी कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया तो उसने अपनी अपने फादर को फ़ोन करके बताया कि दो दिन से निकी गायब है तो उसने साहिल का बारे में अपने फादर को बताया फिर साहल से जब उनकी बात हुई तो उनको कोई ऐसा संतुष्टि वाला आंसर नहीं मिला साहल से और उसके बाद में साहल ने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया तो उनको शक हो गया तो उन्होंने बेसिकली ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके बेस पर पुलिस ढूंढती हुई आई जब पुलिस उसके घर आई थी तो उनको ये देखकर पता चल गया कि भाई साहल ने अब शादी कर ली है तो उनके मन में ये क्वेश्चन भी था कि भाई अगर साहल ने शादी कर ली है और वो उस लड़की के साथ लेविन में था तो हो सकता है कि उसने उस उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका मर्डर कर दिया हो और वो नहीं चाहता हो कि वो लड़की उसकी शादी में किसी भी तरह का दखल दे या हंगामा करे तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ठीक है जल्दी से जल्दी साहल का पता लगाते हैं और इस मामले को सुलझाते हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही श्रद्धा नाम की एक लड़की का मर्डर किया था आफताब नाम के एक लड़के ने जिसके साथ वो इलेवन में रहती थी और उस मामले को लेकर पुलिस की बहुत थधू हुई थी क्योंकि आफताब ने उस लड़की के थर्टी टुकड़े करके अलग अलग दिल्ली के अलग अलग जंगलों में उसके टुकड़े फेंक दिए थे तो वो बहुत अजीब सा माहौल था पुलिस के लिए इधर दिल्ली पुलिस को लगा कि भाई ये केस तो बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है तो कमिश्नर ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपने का डिसीजन लिया और उन्होंने उस क्राइम ब्रांच को वो केस सौंप दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई हो सके क्राइम ब्रांच ने उस पे एक टीम बनाई जो क्राइम ब्रांच के डी थे सतीश कुमार उन्होंने एक टीम बनाई और फिर सारे जहाँ जहाँ उसके सारे रिश्तेदार थे वहाँ पर दबिश देनी शुरू की उसके फ्रेंड्स के घर दबिश देनी शुरू की उसका फोन सर्विलांस पे डाल दिया और जहाँ भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती थी उन्होंने साहिल को ढूंढना शुरू कर दिया और मुखबिर भी लगा दिए गए साहिल को ढूंढने के लिए और हुआ यह है कि थोड़े दिन के अंदर ही उसको एक अच्छा खबर आई कि भाई 12 फरवरी 2023 को साहिल को दिल्ली के कैर गांव के चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया इसके बाद में पुलिस ने उसके साथ पूछताछ शुरू की लेकिन साहिल उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहा था और वो उनको बार बार घुमा रहा था तो पुलिस समझ गई कि इसको ऐसे नहीं होगा इसको सख्ती से पूछना पड़ेगा तो पुलिस ने जब उसके साथ सख्ती शुरू की तो उसने फिर वो टूट गया और उसने सारी कहानी पुलिस को सुनाई कि किस तरह से क्या क्या हुआ तो उसने बताया कि दस फरवरी की सुबह नौ बजे के आसपास उसने डेटा केबल से मोबाइल के डेटा केबल से आ, निक्की की गला घोटकर हत्या कर दी है और उसके बाद में वो निक्की को गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया उसने सीट बेल्ट लगाकर और उसके बाद वो करीब 50 किलोमीटर दूर अपने ढाबे पर ले गया जो उसके फादर चलाते हैं और वहां पर उसने उस ढाबे के एक रेफ्रिजरेटर में उसकी लाश को छुपा दिया तो उन्होंने पूछा कि भाई वो कार किसकी थी तो उसने बताया कि कार मेरे चाचा की थी तो उसने बताया फिर पुलिस ने पूछा कि भाई आखिर ये सब कहाँ हुआ कैसे हुआ पूरी कहानी बताओ तो बताया उसने कि मैं रात को करीब एक बजे निक्की के फ्लैट पर गया और वहाँ से सुबह हम निकल गए कश्मीरी गेट की तरफ गए वहाँ मैंने गाड़ी एक किनारे लगाकर रोड के किनारे आकर कर निक्की की हत्या कर दी तो पुलिस ने पूछा कि तुमने निक्की की हत्या क्यों की तो उसने बताया कि दस तारीख को मेरी शादी थी और निक्की मेरी किसी भी बात पर राजी नहीं हो रही थी मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी और वो मेरी शादी में हंगामा खड़ा कर सकती थी तो इसी वजह से मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था ताकि वो मेरी शादी में किसी भी तरह का कोई हंगामा ना करे और मैंने उसको बहुत समझाया जब वो नहीं मानी तो मैंने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी तो जब ये सारी कहानी पुलिस को पता चली उसके बाद में क्या हुआ कि पुलिस ने उसके फादर को फोन किया और फादर को फ़ोन करने के बाद में उन्होंने बताया कि आप वहाँ अपने ढाबे पर आ जाओ और हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं तो इधर पुलिस पहुँची उधर उसके फादर और उसके दो तीन रिश्तेदार वहाँ ढाबे पर पहुंचे तो इस बीच में क्या हुआ था कि जब उसने मर्डर कर दिया तो ढाबे पर जाने से पहले उसने अपने दो कजन्स को और दो फ्रेंड्स को बुलाया और उसने बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे निक्की का मर्डर कर दिया है फिर उन्होंने उसके फादर को बताया साहिल के कि इसने मर्डर कर दिया है वो सुन के बड़े हक्का वक्का रहे बट फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि ठीक है अभी इसमें फ्रिज में इसकी लाश दुबका देते हैं और शादी से निपटने के बाद में फिर हम इसको ठिकाने लगा देंगे तो जब उसके फादर को पता चला कि पुलिस ढाबे पर पहुंच रही है तो वो समझ गए कि अब तो सारा खेल खुल चुका है अब कुछ नहीं हो सकता तो वो रिश्तेदारों के साथ गए वहाँ पर और ढाबे पर पहुंचे और ढाबे पर पहुँचने के बाद में उससे पूछा गया कि भाई कहाँ है वो रेफ्रिजरेटर जहाँ पर लाश छुपाई है पुलिस ने सारी अपनी टीम बुला रखी थी जिसमें कि फोटोग्राफर भी थे फॉरेंसिक टीम भी थी वो सारे तो उन्होंने उस जगह के सारे फोटोग्राफ्स लिए उसकी लाश देखी फ्रिज में फोल्ड करके रखी हुई थी और उसको निकाला उसके सारे फोटोग्राफ्स लिए उसके शरीर पे सारे निशान चेक किए तो मेनली उसके गले पर एक वायर का निशान था जो उसके अलावा कहीं कोई निशान नहीं था पुलिस ने उसके बाद में वो कार और वो डेटा केबल अपने कब्जे में ली फिर उसकी निक्की की बॉडी को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहाँ उसके सुनील के जो उसके फादर थे निक्की के सुनील यादव उनको बॉडी सौंप दी गई और उसके बाद में निक्की के मर्डर के चार्ज में आ, साहिल को उसके फादर को उसके दो कजिन को उसके दो फ्रेंड्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद में उनको जेल भेज दिया गया क्राइम ब्रांच ने 15 फरवरी को निक्की यादव का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था फिर पोस्टमार्टम के बाद वो सुनील यादव उसके फादर को सौंप दिया गया जो अपनी बेटी का शव लेकर झज्जर चले गए और वहां उन्होंने उसका सारा क्रियाक्रम किया साहल से पूछताछ के बाद पुलिस ने केस के अन्य आरोपियों को जैसे गिरफ्तार किया था तो उसमें धाराएं थीं 302 जो हत्या के लिए थीं 120 सौ बीस साजिश में शामिल होने के लिए दो सौ सबूत मिटाने के लिए दो सौ अपराधी को शरण देने के लिए और 202 अपराध की जानकारी पुलिस को ना देने के लिए जोड़ दी 17 फरवरी दो को पुलिस ने सभी आरोपियों को अभियुक्तों की निशानदेही पर सारा जो पुलिस ने एविडेंस इकट्ठे किए थे उसके बाद उनके खिलाफ एक केस फाइल किया और उनको जेल भेज दिया तो फ्रेंड्स अभी तक की खबर इतनी ही है और आगे जो भी इस केस में अपडेट होगा आ, हम कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने का तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और इसी तरह की और भी हम सेंसेशनल स्टोरीज आपके लिए लाएंगे तो अगर आप चाहें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आपको इस तरह की रिपोर्टिंग मिलती रहे और बेल आइकॉन भी प्रेस करें हमारी स्टोरीज़ को आप अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले सो so, आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल थैंक यू वेरी मच बाय